दो पंक्तियां जिस देश की माटी पर हम खड़े हुए हैं उस देश के नाम दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं सुनिएगा कि हम हम गाय और गंगा को मां और मां को भगवान कहते हैं व हम गाय और गंगा को मां भगवान कहते हैं ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं और हमारा हिंदुस्तान कैसा है हम लोग इंसानों से प्रेम तो करते ही है हम लोग जीव जंतु पशु पक्षियों और जानवरों से भी प्रेम करते हैं अगला मुक्तक तक देखेगा दे कि कृष्ण के मित्र को खाली स्थान कहते हैं क्या कहते हैं अभी मैंने आंसर बताई नहीं आप लोग बताइए क्या कहते हैं कृष्ण कृष्ण के के लिखे लोग हैं भाई साहब मित्र को कोई तो बताइए क्या कहते हैं सुदामा तो कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं और भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं और हम हम हम उस देश के वासी है हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं का समय और बीता हुआ समय देखो वा अंबरों का अंतरोह हम पाते हैं आ आ। आ। आ। कि आज का समय और बीता हुआ समय देखो अवनी वा अंबर का अंतरोह हम पाते हैं और पहले जो आर्यावर्त नाम से विख्यात तो था तो आज हम लोग उसे इंडिया बताते हैं कि पहले जो आर्यावर्त नाम से विख्यात था तो आज हम लोग उसे इंडिया बताते हैं और नाम भगवान का भजन तो परमानंद छोड़ कि नाम भगवान का भजन तो परमानंद छोड़ नित तो नई फिल्मों के गीत गुनगुनाते हैं कि नितु नई फिल्मों के गीत गुनगुनाते हैं और पीर स्वयं की यादो रहती है हमें कि पीर स्वयं की नित है हमें पीर वे पाराई को तुरंत भूल जाते हैं कि पीर वे पाराई को, को तुरंत भूल जाते हैं और क्या अभी नम बनाए देखिए कि फैशन का आलम तो इसका दरबड़ा यारो साथ में घुमाने हेतु कुत्ता पालो लेते हैं और कुत्ते को घुमाना नहीं तो याद रहता है उन्हें गाय को खिलाने की वे रोटी भूल जाते हैं कि गाय को खिलाने की वे रोटी भूल जाते हैं और कंप्यूटर मोबाइल और नेट के जमाने में तो कंप्यूटर मोबाइल और नेट के जमाने में तो समय और पैसे का वे बिल भूल जाते हैं कि समय और पैसे का वे बिल भूल जाते हैं और हसीनों का दर्द भरा दिल याद रहता है कि हसीनों का भैया बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं <laughs> कि हसीनों का दर्द भरा दिलो यादो रहता है माँ से भरा दिल भूल जाते हैं जाता हसीनों वहाद का, अच्छा। का दर्द भरा दिलो यादो रहता है माँ से भरा दिल भूल जाते हैं अदाए वफाए आदि सब याद रहती है कि अदाएं वफाएं आदि सब यादो रहती है पन्ना धाए वाली बलिदानी भूल जाते हैं कि पन्ना धाए वाली बलिदानी भूल जाते हैं और शीला और मुन्नी की जवानी सदा यादो रहती कि शीला और मुन्नी की जवानी सदा यादो रहती दादी और नानी की कहानी भूल जाते हैं कि शीला और मुन्नी की जवानी सदा याद रहती दादी और नानी की कहानी भूल जाते हैं और देखिए लड़कों की हालत क्या है सलोमान बनने के अरुमानो सब में है कि सलोमान बनने के अरुमान सब में है गौतम और दुर्वासा भूल जाते हैं अगर हम पूछें कि भारत के सात महा के नाम बताओ सप्त ऋषियों के नाम बताओ तो नहीं बता पाएंगे तब मैंने लिखा है कि फिल्मों के नायकों को सब याद रखते हैं गौतम्री और दुर्वासा भूल जाते हैं और इंसान को इंसान में इंसान नहीं दिखता है महसूस कि इन्सान को इंसान इंसान में इन्सान नहीं दिखता है क्योंकि वे की परिभाषा भूल जाते हैं क्योंकि वे इंसान की परिभाषा भूल जाते हैं और अपनी जरूरतों को सब पूरा करते हैं कि अपनी जरूरतों को सब पूरा करते हैं माता पिता की वे अभिलाषा भूल जाते हैं कि माता पिता की वे अभिलाषा भूल जाते हैं और अगली पंक्ति अगर मैंने अपनी हिंदी मातृभाषा के सब पूरा करते हैं और मात पिता की वे अभिलाषा भूल जाते हैं और दुनिया की सब भाषाओं में वे तो हैं कि दुनिया की सब भाषाओं में वे परांगतो हैं लेकिन वे अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं लेकिन वे अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूँ कि दिल में बसाने वाली को निभाने वाल तरीका यादो रहती है प्रीत को निभाने वाली रीत भूल जाते हैं और हसीनों का दीवाना हनी सिंह यादव रहता है देश का दीवाना भगत सिंह भूल जाते हैं कि हसीनों का दीवाना हनी सिंह यादव रहता है देश का दीवाना भगत सिंह भूल जाते हैं और पंच सितारा वाला होटल यादो रहता है कि पंच सितारा वाला होटल यादो रहता है लेकिन पंच तत्व पंच गव्य भूल जाते हैं लेकिन पंच तत्व पंच गव्य भूल जाते हैं और मौले को अधिकारों की तो मांग सब करते हैं कि मौलिको अधिकारों की तो मांग सब करते हैं लेकिन वे मौलिक को कर्तव्य भूल जाते हैं लेकिन वे मौल्य को कर्तव्य भूल जाते, जाते, जाते हैं बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद अच्छा। आप देख रहे हैं दखन न्यूज